हेलो फ्रेंड्स तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम सभी आजकल YouTube पर कुछ चैनल बनाते हैं या Instagram पर पे अपने पेज बनाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम लगातार उसमें वीडियो अपलोड करें और आ, या तो Instagram पे लगातार अपने कुछ ऐसे फ़ोटोज डालें ताकि हम हमें कुछ लोग जानें या कुछ खुद का शौक़ भी अपना पूरा हो सके परंतु होता क्या है कि कुछ दिन बाद अगर चैनल में वीडियो हम लगातार डालते रहेंगे डालते रहेंगे डालते रहेंगे और कुछ दिन बाद हम वीडियो डालना बंद कर देते हैं रीज़न ये है क्योंकि हमें जो मोटिवेशन अंदर से होता है वो खत्म हो जाता है क्योंकि एक रुपया ना तो कमाई होती है और ना ही कोई मोटिवेशन आता है कि अब हम वीडियो डालें व्यूज़ भी कम होने लगते हैं सब्सक्राइबर्स भी नहीं बढ़ते हैं तो उसके लिए क्या है कि हमने आपके लिए एक ऐसा एस... डब्ल्यू एस एम एम पैनल लाया है इस पैनल में क्या है कि आप कुछ सब्सक्राइबर्स जो होते हैं वो पेड सब्सक्राइबर्स आप अपने चैनल में मैनिपुलेट करके ला सकते हैं अब इससे होता क्या है क्या ये कोई लीगल वे है बिल्कुल नहीं दोस्तों इससे बस इतना होता है कि आपने जो भी वीडियोज़ बनाया है तो आपका कुछ मोनिटाइजेशन जितना YouTube का रिकमेंडेशन है कितना इतना सब्सक्राइबर कम से कम आपकी होनी चाहिए आपके मोनिटाइजेशन को ऑन करने के लिए उतने सब्सक्राइबर आप इससे ले सकते हैं आपका चैनल ग्रो करेगा आपकी मेहनत पर पर तब तक के लिए जो सब्सक्राइबर जितना यूट्यूब को चाहिए उतना सब्सक्राइबर हो गया आपका मोनिटाइजेशन हो गया तो उसके बाद आप लगातार वीडियो डालेंगे तो जैसा आपने मेहनत किया है उस हिसाब आप से आपका चैनल ग्रो करेगा और इससे होता क्या है सबसे खास बात कि मोनेटाइजेशन एक बार ऑन होने के बाद थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा अमाउंट में पैसा आना शुरू हो जाता है जिससे आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलते रहते हैं तो बात सिर्फ इंस्टाग्राम सब्सक्राइबर की नहीं है ये मैं आप अप, अपने स्क्रीन पर भी ये ऑन करने वाला हूँ एसएमएम पैनल और एसएमएम पैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप उसे देख के बिल्कुल श्योरली आप खरीद सकते हैं बिल्कुल मैं बताना चाहता हूँ कि ये बहुत सारे वेबसाइट्स ऐसे होते हैं जो कि फेक सब्सक्राइबर आप पैसे पेड कर दो कोई सब्सक्राइबर आपको नहीं है ये काम कैसे करता है तो थाउजेंड लोग का एक नेटवर्क है थाउजेंड ईमेल आईडीज़ का एक नेटवर्क है जो कि आपको आपके चैनल के लिए स्पेशल सब्सक्राइब कर देता है ये एक पैनल टाइप का है तो इससे ये नहीं है कि ये फेक्ट वो सब्सक्राइबर हैं या फिर अभी ले लिया बाद में ड्रॉप हो जाएंगे नहीं ये बस इतना है कि आप सब्सक्राइबर खरीद ले आपका मोनिटाजेशन ऑन कर ले और मोनिटाइजेशन ऑन करने के बाद आराम से वीडियो डालें फिर जितना आपने मेहनत किया है उस हिसाब से आपके सब्सक्राइबर और आपके व्यू बढ़ेंगे तो ये मैंने अपने बगल में तो पैनल ऑन किया हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फोर थाउजेंड सबसे पहले फोर थाउजेंड वॉच टाइम और ये बिल्कुल फोर थाउजेंड आवर वाच टाइम आपको चाहिए अपनी मोनिट्रेशन को ऑन करने के लिए तो अगर ये सब आपने पहले ही ले लिया है आपने पहले ही आपने ख़रीद लिया है ये सबको तो फिर आपको फिर प्रॉब्लम आगे नहीं होने वाला है आप आराम से सब मॉनिटरेशन ऑन करवा लीजिए फिर धीरे धीरे धीरे धीरे जो लीगल कंटेंट है जो लीगल वीडियोस है वो बनाते रहिए ये बिल्कुल सही तरीका है एक यूट्यूब चैनल को चलाने का और बात सिर्फ यूट्यूब की नहीं है बात है ट्विटर के फॉलोवर्स अब ट्विटर में हमने हमारे अंदर कुछ टैलेंट है जो कि हम दिखाना चाहते हैं आप एनालिस करना चाहते हैं जो न्यूज़ होते हैं जो फेक न्यूज़ होते हैं उनको एनालिस करना चाहते हैं पर आपने क्या किया अपना नया अकाउंट बनाया एक डाला और सालों लग जाएंगे आपको कम से कम कुछ मतलब फॉलोवर्स जुटाने में ट्विटर में जो आपको फॉलो करे पर इसमें होता ये है कि अगर आपने कुछ फॉलोवर्स पहले से खरीद लिए हैं तो आपकी जो बातें हैं वो आसानी से सर्कुलेट हो सकती हैं यानी अगर आपने कुछ सही कहा है कुछ जैसा कहा है जो कि रियल में सर्कुलेट होना चाहिए तो ये आपको एक पुश देता, देता है एक सपोर्ट देता है जिससे कि आपको एक फ़ायदा होता है तो बिल्कुल भी कोई इलीगल भी नहीं है आराम से काम करता है तो उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ट्विटर फॉलोवर्स रियल फॉलोवर्स है सारे उसके बाद इसमें आ, कर, इसमें ड्रॉप होने के भी कुछ चांस हैं लेकिन थर्टी डेज तक बिल्कुल ड्रॉप नहीं होंगे उसके बाद यूट्यूब के व्यूज़ खरीद सकते हैं आप यूट्यूब यूट्यूब के व्यूज़ भी आप इसमें खरीद सकते हैं तो इस तरह से इसमें बहुत सारे ये आप देख रहे हैं सबका प्राइस दिया हुआ है और ये बिल्कुल नन ड्रॉपेबल होगा यानी कि आप आराम से इसे दे देख सकते हैं और यहाँ कुछ लोग ने जो खरीदा उनका भी कुछ आप देख सकते हैं डिटेल्स दिया गया है तो यूज़र्स बहुत सारे हैं इस वेबसाइट के और इस तरह से आप इज़िली अपना सारा काम कर सकते हैं दोस्तों ये पैनल वर्ल्ड का सबसे चीपेस्ट पैनल है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं और कि आप आराम से यूज़ कीजिए इसमें जो भी काम होता है डायरेक्ट सर्वर के द्वारा होता है तो किसी भी प्रकार की परेशानी आपको नहीं आएगी इसको यूज़ करना बहुत ही आसान है जैसे यहाँ पे हमने एक सर्विस सिलेक्ट किया और सर्विस सिलेक्ट करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे यूट्यूब का सर्विस हमने सेलेक्ट किया है फिर आपको जितना उसमें व्यूज़ चाहिए सब्सक्राइबर जो भी सर्विस सिलेक्ट किया है आपने उस हिसाब से तो यहाँ पे लिंक आप डाल सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल का और इस तरह से आप ये कर सकते हैं आप इसको यूज़ करके देखिए बिल्कुल ट्रस्टे ट्रस्ट साइट है और सबसे चीपेस्ट जो एस पैनल है जो ए के थ्रू काम होता है यहाँ पे तो आप इजीली इसको कर सकते हैं किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी ट्वेंटी फोर इंटू सेवन कस्टमर सपोर्ट है आपके लिए हमेशा अवेलेबल और अब बात करते हैं कि कस्टमर सपोर्ट की तो 24 फोर इंटू आपको कस्टमर सपोर्ट इसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है कि अगर आपने कुछ अपने कोई सब्सक्रिप्शन खरीदा कुछ खरीदा तो कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं तो उसके लिए वैसे तो जनरली नहीं होते हैं पर उसके लिए आपको 24 फोर इंटू कस्टमर सपोर्ट आपको इस के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है आपने बहुत सारे वीडियोज़ पहले भी देखे होंगे एस एम पैनल के द्वारा तो यह एक हेल्पफुल वीडियो है एक एजुकेशनल वीडियो जिसमें आपके वो पता चल चलिए उसके बाद मैं कुछ सर्विसेज इसके हैं सी मैम पैनल के जो आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहला है कि इंस्टाग्राम जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं इंस्टाग्राम व्यूज़ हैं उसके बाद लाइक्स हैं इंस्टाग्राम के ठीक है और उसमें भी बहुत सारे कैटेगरीज़ हैं कि आ, किस, किसी में ड्रॉप नहीं होता है बिल्कुल चीप है और आप साइड करके यहाँ पर आप प्राइस भी देख सकते ये कुछ ज़्यादा प्राइस नहीं उसके बाद उसके बाद यहां पर आप देख रहे हैं कि नन ड्रॉप Instagram के लाइक्स हैं फॉलोवर्स हैं और इस टाइप से सभी टेलीग्राम के भी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चैनल के ग्रुप मेंबर्स हैं और ये सारे चैनल के ग्रुप मेंबर डीय होने वाले हैं आपके तो आपने इसे इंस्टाग्राम पर टेलीग्राम पे अपना चैनल बना लिया और उसमें कुछ मेंबर्स जुड़ जाते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे धीरे धीरे आप अपना ग्रुप ग्रो कर सकते हैं तो कहने का मतलब ये है कि आपको एक छोटा सा कुछ मिलने वाला है जिससे कि आपका जो सेल्फ मोटिवेशन है वो कभी कम नहीं होने वाला कभी डाउन नहीं होने वाला है ठीक है फिर इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स ले सकते हैं आप प्रोफाइल पिक्चर के फॉलोवर्स कम से कम मैक्सिमम 15 के फॉलोवर्स ये इंस्टेंट और चीप भी है ये दिल दिला रहा है आपको फिर इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स है ट्वेंटी के फॉलोवर्स हैं फिर उसके बाद मैक्सिमम 100 के फॉलोवर्स तक हैं यहाँ पे और सारी रियल अकाउंट्स वाले हैं तो जिस टाइप से जैसी सर्विस आपने ख़रीदी है आपको उस टाइप से मिलेगा आप पहले अच्छे से उस सर्विस के बारे में जान लें और अगर आपको इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप उस जो सर्विस के बारे में जो कस्टमर सपोर्ट का नंबर हो सकता है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हो तो उस कस्टमर सपोर्ट के नंबर पर आप क्लिक करें और सारा चीज़ आपको इस वेबसाइट पे वे सब कुछ मिल जाएगा बिल्कुल पहले आप अच्छा से जात पसात कर दें और उसके बाद ही आप करें दोस्तों हमारे चैनल पर अपना किसी भी चैनल इस्पॉन्सरशिप किसी भी वेबसाइट हो या किसी भी ऐप हो किसी भी चीज़ का कर स्पॉन्सरशिप करना है किसी प्रोडक्ट का कर स्पॉन्सरशिप करना है तो आप हमें ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हैं नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें सभी टाइप के इस्पॉन्सरशिप वीडियो बनाते हैं अगर आपकी प्रोडक्ट सही है बिल्कुल हम आपकी वीडियो बनाने वाले हैं तो ये इस वीडियो में मैंने आपको एस एम पैनल के बारे में बताया आप इसे यूज़ करें और अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में आप इज़िली बिल्कुल फील फ्री हो लिख सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला हम आपको रिप्लाई करेंगे थैंक यू